नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों तीन जनवरी दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नवीनता लेकर के आया इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आगे बढ़े दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जनवरी माह के हमारे दिल्ली और चंडीगढ़ आने के प्रोग्राम लगे हुए हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख करके अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं आज का पंचांग क्या इंडिकेट कर रहा है क्या इंगित कर रहा है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग कौन कौन से हैं ये पांच अंग हैं है वार नक्षत्र योग करण यदि इनमें से एक भी अंग की कमी हो जाए तो पंचांग अपूर्ण होता है पूर्ण नहीं होता है तो संवत दो हजार छिहत्तर उन्नीस सौ इकतालीस है, है शुक्रवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा परिधामी अट्ठावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर इक्कीस मिनट पर तिथि की बात करें तो आज जो शुक्ल पक्ष है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात में ग्यारह बजकर छब्बीस मिनट तक की उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए और नवमी तिथि को लौकी नहीं खानी चाहिए अन्यथा आपको जो है नीच योनी की प्राप्ति होगी और जो रेंगने वाले जानवर होते हैं ये बन जाते हैं तो आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना रहेगा नक्षत्र की बात करें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा करण रहेगा विष्टि उसके उपरांत भव और अंतिम करण रहेगा भालो योग रहेगा परिघ इसके उपरांत शिव योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं चूंकि नववर्ष चल रहा है और साल का रहेगा जो है साल के शुरुआत का तीसरा दिन रहेगा तो आज यदि आपको किसी भी कार्यों को करना हो तो प्रयास ये करिएगा कि बारह बजकर तेरह मिनट से लेकर के और एक बजकर 16 मिनट के बीच में आप लोग कर लीजिएगा आपके काम बनेंगे वही राहु काल पर आ जाते हैं तो शुक्रवार का जो राहु काल रहेगा सुबह दस बजकर बावन मिनट से बारह बजकर 10 मिनट तक की रहेगा चंद्रदेव मीन राशि में चलाए मान रहेंगे और सूर्यदेव अभी धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दिशाशूल की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है वेस्ट डायरेक्शन की ओर आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए इनसे बचना चाहिए लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो मिश्री का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं मक्खन का सेवन कर सकते हैं दही खा करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग अब राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ ले करके आया है इस पर आगे बढ़ते हैं राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है पराक्रम में वृद्धि के संकेत ग्रह दे रहे हैं मित्रों के साथ रिश्ते आज पहले से बेहतर बनेंगे घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आज आप लोग आयोजन करवा सकते हैं संतान की खुशी बनी रहेगी संतान को करियर में कोई बहुत बड़ी सफलता अचीवमेंट मिल सकती है आपको किसी काम से अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बड़े भाई बहनों की मदद से आज आपको नौकरी मिल सकती है रोजगार मिल सकता है आपका काम आज आप लोग दूसरों को जो है खुश कर सकते हैं और ऐसा कोई कार्य मत करिएगा कि कोई दूसरे को जो है दुख पहुंचे उपाय के तौर पर आज करना क्या होगा तो आज आप लोग का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा एक दूसरी जो है राशि हमारी आती है ये आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जात आज का दिन अनुकूल रहेगा आपके जीवन में किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती कोई नया प्रेम संबंध प्रस्फुलित हो सकता है जो बच्चे घर से दूर रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आज उनका दिन बेहतर भी बीतेगा बेहतर गुजरेगा शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिलेगा टीचरों का भरपूर सहयोग मिलेगा सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को किसी काम के लिए आज प्रोत्साहन राशि मिल सकती है कुछ उनको पारितोषक मिल सकता है आज आपको धन लाभ होगा आपके ज़्यादातर कार्य पूर्ण होंगे अचानक आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा श्री कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का आज आप लोग भोग लगाइएगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि जेमिनी क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो साहब आज किसी दोस्त से बात बात में ही आपको कोई अच्छा काम मिल सकता है मतलब मित्र आज आपकी मदद करेंगे आज आपकी आमदनी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं आज किसी की मदद से आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं आपके सोचे हुए काम आज आपके शीघ्र पूर्ण होंगे रुका हुआ पैसा आज, आज आपको मिल सक मिल सकता है उपाय के तौर पर आज, आज आप लोगों को शिवलिंग पर दूध में मिश्री मिक्स करके और केसर डाल करके ओम ह्रीन नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करना रहेगा मंत्र फिर से सुन लीजिए गलत मत करिएगा ओम ह्रीन नम शिवाय शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार कर्क राशि कैंसर क्या कुछ रहेगा आज का दिन आपके लिए तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आज आपको उचित समय की पहचान करनी होगी सही समय पर किया गया कार्य आज आपको सफलता दिला सकता है परिवार में भी स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए आज ठीक ठाक रहेगी बच्चों की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज कर्क राशि के जातकों की पॉकेट ढीली होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपका कोई दोस्त आपको कोई काम करने के लिए जो है आपको कोई काम करने के लिए कह सकता है प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी वाड़ी पर थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं सीनियर से बात करते समय आज आपकी जुबान कुछ फिसल सकती है आ, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को रोटी में मिश्री डाल करके आपको खिलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा आपके लिए सफ़ेद रंग वाइट कलर शुभ अंक रहेगा दो लियो सिंह राशि आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आपको अपने हर काम को तय समय में बांट कर काम करने की अन्यथा आज आपके बहुत सारे काम अधूरे रह सकते हैं घर का माहौल ठीक ठाक बना रहेगा समय सीमा को ध्यान में रखकर काम करने से चीजें अच्छे से आज आपकी पूरी होंगी आज घर में किसी रिश्तेदार के आने के संभावना की संभावना रहेगी माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आज परेशान हो सकते हैं Uh, आज के दिन करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक कन्या राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन दर्शकों वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल सभी राशियों का पड़ गया है प्रेम राशिफल पड़ चुका है आर्थिक राशिफल पड़ गया आप लोग जा करके देख सकते हैं कन्या राशि के जात आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहेगा आज आपकी विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं आपको किसी बड़ी कंपनी से आज जॉब का ऑफर लेटर आ सकता है इसके साथ साथ आज, आज आप लोग अपनी वारी से सभी लोगों को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें आज सफलता मिलेगी साथ ही आपको खूब मान सम्मान भी मिलेगा कुछ नए लोग आज आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे छात्रों का दिन भी आज फायदेमंद रहेगा आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी इसीलिए आज आपको बताना चाहेंगे कि मां सरस्वती की वंदना करिए और मां सरस्वती पर आज पीले रंग का फूल आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती आती है लिब्रा जी हाँ तुला राशि तुला राशि के जात को आज आपका दिन पहले से थोड़ा सा बेहतर रहेगा का, कार्यक्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करेंगे किसी काम के लिए कई दिनों से की जा रही मेहनत का फल आज, आज आपको मिल सकता है आपको अपने बच्चों से काम में सपोर्ट मिलेगा संगीत से जुड़े लोगों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने का आज अवसर मिल सकता है आज आपको कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए बदलते मौसम में अपने शरीर पर आज आप लोग ध्यान दीजिएगा अन्यथा आप लोग कुछ बीमारी की चपेट में आ सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना रहेगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए ब्लैक कलर आपके लिए शुभ रहेगा और अंक 6 आपके लिए शुभ अंक रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज आपका दिन उत्तम रहेगा जीवन साथी के सहयोग से आज, आज आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आ सकते हैं छोटी दूरी की यात्राएं आज आप कर सकते हैं आज किसी काम को नए सिरे से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं आपके मन में नए नए विचार आएंगे ऑफिस में सहयोगियों के साथ आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे आज आपके उच्चाधिकारी आपके कामों की आपके कार्यों की आपके कृत्यों की तारीफ करेंगे जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में कोई अचीवमेंट कोई अवार्ड या कोई इनाम मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कनकधरा स्रोत का आप लोग पाठ करिए शुभ रहेगा आपके लिए नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ सेजिटेरियस धनुराशि धनुराशि के जात आज आपका दिन शानदार रहेगा कोई पुरानी बिजनेस डील आज, आज आपको अचानक से लाभ दिलवा सकती है आपको समाज के कुछ अच्छे लोगों से जुड़ने का आज मौका मिलेगा आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा आप किसी सरकारी संस्था के काम में अपना सहयोग दे सकते हैं किसी घरेलू काम के लिए आज पूरे परिवार के साथ मिल करके एक साथ बैठ करके बात करेंगे तो चीज़ें सहमति की ओर अग्रसर होंगी नौकरी के क्षेत्र में भी आज आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को कमो को मीठा चावल खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कैप्टिकॉन मकर राशि तो आज का दिन सामान्य रहेगा वहाँ सावधानी पूर्वक चलाने की सितार, जो है, सितारे सलाह दे रहे कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर यदि फैसला लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा किसी अनुभवी की मदद आज, आज आपको लेनी होगी जो छात्र उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं उन्हें उनके मन मुताबिक परिणाम के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको सरकारी काम पूरा करने में भी कुछ परेशानी आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए और भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि कुंभ राशि के जात आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता ज़रूर होगी दोस्तों के साथ आज कहीं घूमने जाने का अवसर आपको मिलेगा विदेश से नौकरी का कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है आज आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी बड़े आदमी से मदद मिल सकती है जो छात्र विज्ञान में रुचि रखते हैं आज उनका दिन अच्छा बीतेगा परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे हर तरीके से स्थितियाँ आज आपके पक्ष में रहेंगी अपने इष्ट को आज कोशिश कीजिएगा कि लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करें साथ ही साथ आज गाय को मीठा चावल आप लोग जरूर खिलाएं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों वही अपील फटाफट आप लोग इस वीडियो को कम से कम लाइक तो करिए इतनी मेहनत से ये राशिफल बनता है साथ ही साथ इस राशिफल को आप लोग अपने फेसबुक पेज पर शेयर करिए फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करिए ट्विटर पर शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए टेलीग्राम पर शेयर करिए चैनल को आगे बढ़ाने में आपका बहुत अधिक योगदान हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं और आपका योगदान है भी बहुत लोगों का योगदान है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जय श्री राम का जो है कमेंट बॉक्स में उद्घोष करिए ये जो कमेंट बॉक्स है हिंद महासागर से भी बड़ा हो जाना चाहिए जय श्री राम से मीन राशि अंतिम राशि आती है तो मीन राशि के जात को आज आपको अपने जीवन में कुछ खास मौके मिल सकते हैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो भविष्य में आपको मदद पहुंचाए आर्थिक स्थित आर्थिक स्तर पर आज आप मजबूत बने रहेंगे आपकी कोई व्यावसायिक परियोजनाएं पूरी हो सकती है जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनका काम आज अच्छा रहेगा आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे परिवार के किसी फंक्शन में आज आप लोग को जो है सम्मिलित हो सकते हैं घर के कामों में पिता से मदद से आज आपके सारे कार्य आसानी से पूरे होंगे आज उपाय के तौर पर नौ कैसा लगा हमारे बताइएगा नए हमारे नए साल का देख सकते हैं अंक ज्योतिष का राशिफल देख सकते हैं मूलांक पर आधारित देख सकते हैं ग्रहों के गोचर व राशि परिवर्तन देख सकते हैं कैरियर राशिफल देख सकते हैं प्रेम राशिफल देख सकते हैं आर्थिक राशिफल देख सकते हैं कुछ बचा नहीं आप लोगों के लिए भविष्यवाणी भी हमारी देख सकते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय श्री राम